क्या लग रहा है भाई आप देख सकते हैं हम लोग काना स्टेडियम के बगल में आ चुके हैं जागी सितंबर ती, ती, मई को मैच चुका है इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान से आपका होगा वेस्टर्न इंडीज ओ ये देख लीजिए आप लोग आ चुके कितने सारे ट्रक यहाँ पे जा रहे हैं विराट कोहली और सोनी सब हाँ ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेडियम गा स्टेडियम तो लाइन से बड़ा जाम लगा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग एकदम किनारे फेलते हुए लेके जा रहे हैं ये देखिए बाहर में आऊंगा बॉल मिलने पारी नहीं।, नहीं कर साली मार यहाँ साइकिल से आए